This is a story of a journey a journey which brings happiness a journey which brings prosperity a journey which brings togetherness चैतन बहुत खुश है ऐसा लगता है कि जैसे उसे सारी खुशियाँ मिल गई तो देखिए इस चर्नी को मैं आपको मेडागास्कर दिखाऊंगा अपनी नज़रों से अपने परिवार की नज़रों से देखिए मेडागास्कर हवा में कैसा दिखता है आप हैं हमारे लिए स्पेशल और जो होते हैं स्पेशल वो डिजर्व करते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मेडागास्कर दिखाया वो भी हवा से आपको बरोग भी दिखाया और चलिए अब आपके लिए लेकर आते हैं पौनस वीडियो आपको दिखाते हैं दुबई दुबई मॉल दुबई एक्वेरियम फाउंटेंस और बुर्ज खरीफा तो चलिए एच को